नमस्कार जय श्री राम साथियों दर्शकों तीन मई का दैनिक राशिफल आप लोगों के लिए क्या कुछ नया लेकर के आया है साथ ही साथ रविवार का दिन रहेगा ग्रहों के राजा सूर्य देव का दिन रहेगा तो आज के दिन को आप किस प्रकार से प्रभावी बना सकते हैं साथ ही साथ लॉकडाउन की स्थितियों में आप ऐसा घर से क्या उपाय करें कि आप लोगों के भाग्य में शुभता में वृद्धि हो तो दर्शकों चलिए आगे चलते हैं लेकिन राशिफल पर आगे बढ़ने से पहले राशिफल का ही एक प्रमुख अंग होता है पंचांग जो कि पांच अंगों से मिलकर के बना होता है ये पांच अंग हैं क्रमशः तिथि वार नक्षत्र योग करण तो इनमें भी यदि एक अंग की भी न्यूनता होती है तो पंचांग पूर्ण होता ही नहीं है तो दर्शकों प्रमादी नामक संवत्सर चल रहा है विक्रम संबंध 2077 चल रहा है बैसाख माह से रविवार दिन रहेगा तीन मई दिन जो है आज रहेगा और सूर्योदय होगा प्रातः पाँच बजकर तीस मिनट पर सूर्यास्त होगा शाम को छः बजकर छत्तीस मिनट पर तिथि की बात करें तो शुक्ल पक्ष की आज जो दशमी तिथि रहेगी ये सुबह नौ बजकर नौ, नौ मिनट तक की रहेगी ब्रह्मा व्यवस्थ पुराण में आ जाते हैं दशमी तिथि को कलंबी का सेवन नहीं करना चाहिए और नौ के बाद एकादशी तिथि लग जाएगी तो शाम के समय आप लोग प्रयास करिएगा कि चावल का सेवन मत करिएगा किसी भी प्रकार के नॉनवेज का सेवन मत करिएगा करिएगात का सेवन मत करिएगा वहीं अगर आज जो, साथ साथ जो शुभ समय रहेगा यह सुबह ग्यारह बजकर सैतीस मिनट से, से बारह बजकर उन्तीस मिनट तक का जो समय रहेगा यह अभिजीत मुहूर्त का रहेगा अब दर्शकों आप लोग अभिजीत मुहूर्त को समझिए मुहूर्त आखिर में है क्या तो आप लोगों को यदि कोई शुभ कार्यों को करना है कोई बिजनेस की प्लानिंग बनानी है किसी नए कार्य की शुरुआत करनी है या ज्वाइनिंग इत्यादि है या घर खरीदने जा रहे हैं कुछ आपको बुकिंग करानी हो तो आप लोग अभी जीत मुहूर्त में कर सकते हैं साथ ही साथ दर्शकों एक अमृतकाल भी आज आपको मिलेगा जो कि शाम को होता है बाई मान लीजिए सुबह साढ़े से बारह तक चीज़ें स्किप हो गई हों तो आप अमृतकाल में शाम को चार मिनट से ले करके और पाँच मिनट तक के बीच भी कर सकते हैं साथ ही साथ आज के राहु काल पे आते हैं बहुत बड़ी जो है मतलब ये घटना होती है राहु काल और राहु काल में शुभ कार्यों का करना वर्जित माना जाता है तो आज का जो राहु काल रहेगा ये शाम को चार बजकर अट्ठावन मिनट से 6 बजकर छत्तीस मिनट तक ही रहेगा देशकाल परिस्थितियों के अनुसार ये जो गणनाएं होती हैं ये भिन्न होती हैं ये सारी प्रभावी गणनाएं लखनऊ क्षेत्र को मानक मान करके बनाई गई है साथ ही साथ प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है अब देखिए दर्शकों को चंद्रदेव आज सिंह राशि में मान रहेंगे और सूर्यदेव अपनी मेष राशि Uh, सूर्यदेव अपनी उच्च राशि अर्थात मेष राशि में चलायमान रहेंगे दिशा सूल की बात करें तो रविवार दिन रहेगा पश्चिम दिशा की ओर आज के दिन दिशाशूल रहेगा तो दर्शकों ये तो था बेसिकली हमारा पंचांग अब राशिफल पर आगे बढ़ें और देखते हैं कि आज का राशिफल क्या करता है लेकिन साथ ही साथ दर्शकों जैसा कि हमने पूर्व में भी जो है भविष्यवाणी की थी आप लोग जो है अपनी स्क्रीन पर भी अब आप देख सकते हैं कि डेट थी चार अक्टूबर दो और हमारी जो प्रडिक्शन थी इसमें हमने क्या क्या कहा था कि कोई बहुत बड़ा भूकंप आ सकता है कोई महामारी फैल सकती है के परिपेक्ष में बच्चों को बहुत ही ज्यादा साथ साथ कि भूकंप आएगा लेकिन एक चीज और रहेगी बृहस्पति शनि पर राहुल की दृष्टि के कारण धर्म की हानि होगी चारों तरफ आप देखेंगे तो धर्म की निंदा होगी जो साधु लोग हैं महात्मा लोग हैं शुद्ध और सात्विक लोग हैं उनको अनेक प्रकार के कष्ट मिलेंगे कोई महामारी फैल सकती है बच्चों को कष्ट हो सकता है कोई वायरस इत्यादि जो है इसका प्रभाव आ सकता है प्रबल अशुभ घटनाएँ विश्व स्तर पर होगी जिसमें ट्रेन से संबंधित कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है कोई वायुयान क्रैश हो सकता है वायुयान से जुड़ी हुई कोई दुर्घटना हो दर्शकों इस वीडियो का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करके आप डायरेक्ट उस वीडियो पर भी जा सकते हैं राशिफल में आगे बढ़ते हैं राशिफल में हमारी पहली राशि आती है एरिस अर्थात मेष राशि देखिए मेष राशि के जातको आज का दिन आपके लिए बहुत ही बढ़िया परिणामदायक रहेगा साथ ही साथ आज स्टूडेंट्स के लिए काफी अच्छा दिन रहेगा काफी कुछ नया सीखने को मिलेगा मन में नई चीजों को जो है जानने की उत्सुकता आपके अंदर रहेगी भाई बहन आज आपकी जो है पूरी सहायता करे के करियर में पूरी मदद करेंगे जीवन साथी को लेकर के आज आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी खर्चों पर आज कंट्रोल रखने की सितारे सलाह दे रहे हैं लवमेट्स मतलब के, के लिए आज दिन अच्छा रहने वाला है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज अपने घर के दोनों ओर आज आपको एक स्वास्थिक बनाना रहेगा कोशिश कीजिएगा कि जो क्या कहते हैं रोली होती है जिसको कुमकुम -कुम बोलते हैं तो इससे बनाइएगा साथ ही साथ दर्शकों शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज रेड और शुभ अंक आपके लिए रहेगा यह रहेगा अंक एक हमारी जो अगली राशि के खुशनुमा बनाना चाहते तो रूप से रहेगा प्रतिकूल हो सकती है जो वृक्ष राशि के जातक है बिजनेस को थोड़ी सी अधिक महत्ता देते हैं इनके लिए आज का दिन काफी अच्छा रहने वाला है साथ ही साथ आज धन संबंधी लाभ वृषभ राशि के जातकों को होगा जीवन साथी की राय लेने से आज आपके बिजनेस को चार चांद लगेगा फायदा होगा जो वृषभ राशि के जातक हैं प्रोफेशनल करना चाहते हैं तो इनके लिए भी आज का दिन किसी आ, अच्छे से में दाखिला लेने का दिन है वृषभ राशि के जातक आज संडे का दिन रहेगा तो कुकिंग का आनंद आप लोग घर पर उठा सकते हैं तरह तरह के लजीज व्यंजन आप बनाएंगे परिवार वालों के साथ किसी गंभीर विषय पर आज आप लोग चर्चा कर सकते हैं आज कोई बहुत बड़ा फैसला बिना सोचे समझे मत लीजिएगा उपाय के तौर पर कोशिश कीजिएगा कि आज भगवान भास्कर को अर्घ्य दीजिए और आदित्य हृदय स्रोत का पाठ आज, आज आपको करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा नीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा साथ हमारी अगली राशि आती है ये आती है जमिनी अर्थात मिथुन राशि देखिए मिथुन राशि के जातकों आज आपके सोचे हुए काम जरूर पूर्ण होंगे अगर आज नए बिजनेस की शुरुआत करने की आप सोच रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि कोरोना महामारी जो फैली हुई है इसकी परिस्थिति ठीक होने तक कि रुक जाए तो बेहतर रहेगा लॉकडाउन वैसे भी बढ़ाई है जीवन साथी के सहयोग से आज आपको किसी बड़े काम में सफलता मिलेगी आज आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर रहेगी आज आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा घरेलू जिम्मेदारियाँ निभाने में भाई बहन का साथ आज आपको मिलेगा विद्यार्थियों के लिए आज का दिन उपयुक्त अच्छा रहने वाला है साथ ही साथ हानि के कुप्रभाव से आज आप बचे रहेंगे उपाय के तौर पर आज आपको करना क्या रहेगा तो आज के दिन सूर्य कवच का आपको पाठ करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा हरा शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा छ हमारी अगली राशि जो आती है ये आती है कैंसर अर्थात कर्क राशि देखिए कर्क राशि के जातकों आज आपका दिन खास रहेगा साथ ही साथ आज घरेलू कार्यों में जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होने से मन बड़ा प्रसन्न रहेगा बच्चों के साथ आपका अच्छा समय बीतेगा बच्चों के साथ कुछ सीखने का आज, आज आपको मौका मिलेगा साथ ही साथ आज आप उनके साथ कहीं पर जो है छोटा मोटा कोई जो है टास्क इत्यादि कर सकते हैं जो कर्क राशि के जातक हैं अविवाहित हैं इनको विवाह योग्य प्रस्ताव इंटरनेट के ईमेल के या व्हाट्सएप के माध्यम से आ सकता है साथ ही साथ कर्क राशि के छात्रों आज आपका पढ़ाई से मन भटक सकता है बेहतर होगा पढ़ाई में मन लगाइएगा ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहे व्यापार कर रहे लोगों को आज थोड़ा सा मुनाफा हो सकता है लव मेट्स एक दूसरे को आज कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट इत्यादि दाम्पत्य जीवन में अर्घ देने के साथ उनके सम्मीस बार गायत्री मंत्र का जाप आप लोग जरूर करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा व्हाइट शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा दो राशि फल की हमारी अगली राशि आती है आती सिंह राशि देखिए सिंह राशि के जातको आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा किसी काम को करने में आज आपके सामने कई बड़ी चुनौतियां आएंगी जिसे आप धैर्य के साथ पूरा करने में सफल होंगे आज समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा साथ ही साथ आज आपको माता पिता का सहयोग प्राप्त होगा आज छोटी बहन के साथ किसी बात को लेकर के बात विवाद हो सकता है तो कोशिश कीजिएगा अपने शब्दों का चयन अच्छा करिएगा किसी टॉपिक को समझने के लिए स्टूडेंट्स आज अपने शिक्षक की मदद फोन के द्वारा ले सकते हैं साथ ही साथ आज का दिन पारिवारिक रिश्ते मजबूत करने का दिन रहेगा किसी नई नौकरी के लिए यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा शाम के समय अप्लाई करिएगा तो निश्चित रूप से आपको इंटरव्यू कॉल इत्यादि मिलेगी उपाय के तौर पर आज आपको करना क्या रहेगा सिंह राशि के जात को तो देखिए आज के दिन आप लोगों को नमक का सेवन नहीं करना होगा दूसरा कि पिता के चरण और माता के चरण ये आपको जरूर स्पर्श करना है शुभ कलर आपके लिए रहेगा ऑरेंज और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक सात अगली राशि की ओर बढ़ते हैं। हमारी अगली राशि आती है कन्या राशि कन्या राशि के जातकों आज पुराने विचारों को छोड़कर नए विचारों को अपनाएंगे विद्यार्थियों के लिए आज का दिन काफ़ी अच्छा रहने वाला है आज आपको अपने मनपसंद जो है भोजन का आनंद मिलेगा साथ ही साथ जो कन्या राशि के जातक हैं अपने कैरियर की नई शुरुआत करने के इच्छुक हैं तो आपके लिए आज का दिन बेहतर रहेगा और आज आपको कोई जो है करियर के मामलों में जो है शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी जीवन साथी से अगर आप दूर हैं या सोशल जो है क्या कहते हैं डिस्टेंसिंग के कारण कुछ आप लोग जो सुख समृद्धि बनी रहेगी बस एक छोटा सा उपाय कर लीजिएगा कि जब भी घर में पोछा आप लोग लगवाते हैं तो आज नमक डाल करके विशेष तौर पर लगवाए तो बेहतर रहेगा साथ ही साथ आज दिन में आपको सोना भी नहीं रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा नीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा तीन हमारी जो अगली राशि आती है ये आती है लिब्रा लिब्रा अर्थात तुला राशि देखिए तुला राशि के जातकों आज का दिन आपके लिए फायदेमंद रहेगा आज कोई खास दोस्त आपसे आर्थिक मदद मांग सकता है साथ ही साथ आज आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा जो जातक वकालत से संबंध रखते हैं उनके लिए आज का दिन बेहतर रहेगा किसी पुराने क्लाइंट से आज कोई फ़ायदा होगा भले ही यह संडे है कोर्ट बंद है लेकिन आप दोनों लोगों के बीच कोई बातचीत होगी कोई केस पे जो है डिस्कशन होगा और यदि कोई पुरानी देनदारी है तो आज आपको वापस मिलेगी वर्क फ्रॉम होम कर रहे लोगों का कार्य में पूरा मन लगेगा साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन में नई नई खुशियाँ आएँगी लवमेट्स एक दूसरे की भावनाओं की कदर करेंगे आज कारोबार में सफलता प्राप्त होगी उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा शाम के समय एक तिल के तेल का दीपक जला करके घर के मुख्य द्वार पर रखिएगा मुनीकृत सूर्य कवच का आपको पाठ करना रहेगा शुभ कलर वाइट और शुभ अंक एक वृश्चिक राशि की ओर बढ़ते हैं क्योंकि राशि चक्र की हमारी अगली राशि आती है स्कॉर्पियो देखिए वृश्चिक राशि के जात आज आपका दिन राहत पूर्ण रहेगा साथ ही साथ आज जीवन साथी के प्रति आपका नजरिया बदलेगा ये बिल्कुल तय है साथ ही साथ जब नज़रिया बदलेगा तो सीधी सी बात है कि आपके रिश्तों में नयापन भी आएगा आज सोशल साइंस पर किसी से दोस्ती फ्रेंडशिप हो सकती है और वो दोस्ती आगे चल करके आपके लिए प्यार में भी परिणत हो सकती है बदल सकती है आज आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी साथ ही साथ ऑफिस का काम घर पर कर रहे कर्मचारियों कि आज किसी सहकर्मी की देखिए मदद लेनी पड़ सकती है आज लव मिर्स एक दूसरे पर विश्वास बनाएंगे विवाह योग्य लोगों के लिए आज नए रिश्तों की प्राप्ति होगी ये बिल्कुल तय है आज उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए आज सुबह सूर्य देव को अर्घ्य दीजिएगा और कोशिश कीजिएगा नमक आज आपको नहीं खाना है नमक का सेवन आपको किसी प्रकार से नहीं करना है आपके लिए शुभ कलर रहेगा ये रहेगा ऑरेंज और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक पाँच देखिए राशिफल की हमारी जो अगली राशि आती आती है सेजिटेरियर्स सेजिटेरियट अर्थात धनुराशि देखिए धनुराशि के जातकों पैसों के मामले में तो आज का दिन लाभदायक रहेगा साथ ही साथ धनुराशि के वे लोग जो बिजनेस हैं उन्हें थोड़ी ज़्यादा आज मेहनत करने की सितारे सलाह दे रहे हैं जिसका फायदा को भविष्य में होगा अगर आप मेहनत करेंगे घर वाले सहमत होंगे लेकिन आज प्रेम संबंधों के मामलों में आप लोग एक दूसरे से जो है वैचारिक मतभेद उभर करके सामने आएंगे साथ ही साथ किसी दूसरे के लड़ाई झगड़े में धनुराशि के जात को आज आपको नहीं पड़ना रहेगा आज कोशिश कीजिएगा यदि अनावश्यक रूप से कहीं बाहर ना जाना हो तो घर से बाहर मत निकलिएगा अन्यथा किसी प्रकार की बीमारी के चक्कर में आप पड़ सकते हैं उपाय के तौर पर आपको करना क्या रहेगा तो सूर्य देव के गायत्री मंत्र का आपको जो है पाठ करना रहेगा सूर्य देव के समक्ष शुभ कलर रहेगा पीला और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक नौ मकर राशि की ओर चलते हमारी अगली राशि आती है देखिए मकर राशि के जातकों आज का दिन बहुत ही बढ़िया रहने वाला है साथ ही साथ बिजनेस में कोई नया निवेश करने का विचार आप बनाएंगे जल्दी परिस्थिति आपके अनुकूल भी हो सकती हैं साथ ही साथ आज आप अपनी रूटीन लाइफ में थोड़ा सा पॉजिटिव बदलाव करेंगे इससे आपको आज काफ़ी लाभ मिलेगा जीवन साथी से रिश्तों में आपकी मिठास बढ़ेगी छात्रों का मन पढ़ाई की ओर पूरा पूरा लगेगा साथ ही साथ आज आपको अपने से बड़ों की राय लेनी रहेगी यदि वो कोई राय देते हैं तो उनको अपने जीवन में यदि आप इम्प्लीमेंट करते हैं चाहे वो कार्य क्षेत्र हो चाहे वो वो व्यवहारिकता हो चाहे वो आपका बिजनेस हो तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो या याज्ञवल्लक मुनीकृत सूर्य कवच का आपको पाठ करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा हरा शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक सात चलिए दर्शकों अगली राशि की ओर बढ़ते हैं और हमारी अगली राशि आती है ये आती है कुंभ राशि देखिए कुंभ राशि के जातकों आज का दिन आपके लिए तो शानदार रहने वाला है पूरा दिन परिवार वालों के साथ अच्छा समय बीतेगा साथ ही साथ परिवार में खुशी का माहौल बना रहेगा आज बच्चों के जिद के कारण आपको झुकना पड़ेगा साथ ही साथ जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं टेक्निकल फील्ड में हैं इनको कोई बहुत बड़ी सफलता हासिल लग सकती है आज धन संबंधी लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है साथ ही साथ बड़े भाई के सहयोग से आज किसी समस्या का समाधान निकालने में आप लोग सफल होंगे दाम्पत्य जीवन में आपसी सहयोग से सब अच्छा बना रहेगा उपाय के तौर पर आज के दिन करना क्या रहेगा तो भगवान भास्कर को अर्घ्य दीजिए और आदित्य हृदय स्त्रोत का आपको पाठ करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ब्लैक और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक चार अंतिम राशि की ओर चलते हैं हमारा अंतिम पड़ाव आता है ये आता है मीन राशि का तो मीन राशि के जातकों आज का दिन खास रहने वाला है साथ ही साथ आज आपका सोचा हुआ काम निश्चित रूप से पूरा होगा कार्यों में माता पिता का सहयोग प्राप्त होता रहेगा आज घर पर बच्चों के साथ आप लोग कोई मनोरंजक खेल इत्यादि खेल सकते हैं घरेलू महिलाएं आज घर की साफ सफाई में व्यस्त रहेंगी लजीज पकवानों का आनंद आज मीन राशि के जातक लेते हुए दिखाई दे रहे हैं मीन राशि के जातक यदि आपके घर में कोई बुजुर्ग हैं तो उनकी सेहत का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा अन्यथा आज के दिन वो किसी गंभीर बीमारी में पड़ सकते हैं आज बच्चों के प्रति आपका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरी रहेगा क्योंकि इनका मन कहीं ना कहीं भटकेगा इनके अंदर नेगेटिविटी का वास होगा तो आप लोग जो है अपने सकारात्मक जो है बोली के दम पर भाषण के दम पर उनके मन में एक नव चेतना का जो है संचार भर सकते हैं साथ ही साथ जो मीन राशि के जातक और यात्रा करना चाहते हैं तो यात्राएं तो आप करिए लेकिन आज के दिन आप लोग अपने डॉक्यूमेंट ले करके यात्राएं करेंगे तो बेहतर रहेगा आज आपको दिन को शुभ बनाने के लिए उपाय क्या करना रहेगा तो आज के दिन आप लोग सूर्यदेव के समक्ष खड़े होकर के नारायण कवच का पाठ अवश्य करें शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा व्हाइट और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक पाँच तो दर्शकों ये तो था हमारा मेष से लेकर के मीन राशि का राशिफल कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें अवगत कराइए दर्शकों नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना हुआ बेल आइकन दबाइए दीजिए इजाजत मिलते है अपने नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम